जैसा कि आप जानते हैं आज सुबह जब हम चल रहे थे करीब नौ बजे को हमें दुखद समाचार मिली कि जलंधर के हमारे सांसद पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे साथी संतोख सिंह चौधरी जी का देहांत हो गया अचानक से दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया तुरंत हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया और 24 घंटे के लिए यह निलंबित रहेगा भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा कल सुबह नहीं होगा 24 घंटे के लिए संतोष सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है राहुल जी कल पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे वो भी कल नहीं होगा